तो राजपूतों में एक शाखा चौहान जो सबसे बड़ी शाखा है पृथ्वीराज चौहान हम उसके उसकी हैं, किताब लिखी पड़ी, ये उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा राजा था